बसमिल्लर कोशिश करके नाकाम हो जाना कोशिश ना करके पसताने से हज़ार दर्जे बेहतर हैं मंजिलें सिपाहियों का इस्ताल करती है हैं बुजदिलों को रास्ते का खौफ मार देता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है वो आप खुद हैं खाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती है लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पर उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देती कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है अपनी किस्मतें बदलता है अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है अगर मंजिल खूबसूरत